मारी तने केरी रंग मारी तने केरी रंग दू。आ, तने रंग तू लाल चिली रंग तू ये मारी नकदी बाबी तने के रंग तू मारी कोडीली भाभी तने चौकी रंग तू तिवार आयो खागणियों आयो खागणियों आज मारे होली रो त्योहार होली खेलो देवर भाभी सोने सोमार बभी प्यारो त्योहार तोहे दिन चार बाबी होली रो तो है दिन चाय मारी भाभी धने घेरी रंग तू मारी भाभी कोटीली धने घेरी रंग तू मारी भाभी नकराली धने चोकी रंग तू बाबी साननी रात ददी बणी जासी बात बाबी बाबी साननी साननी रात रात बात मारे हो गए फारो सात भाभी होली वाली रात भाभी होली मंगली के बजे संग वाली ताप भाभी मंगली के संग वाले था। मारी बाबी धन संगेन साऊँ भारी प्यारी रे बाबी धने में साऊँ मारी सौकी ने बाबी धन्य आंगणिए सा बाबी डोली धमीरा संग रुड़ो बाजे आज बाबी डोली धमीरा बाबी डोली धमीरा संग रूड़ो बाजे आज बाबी कावरी केद में लूर नाचे आज मारी बाबी थोड़ी धीरे धीरे नाच मारी चारी कोडीली बाबी धीरे धीरे नाचे मारी भी मारे भेरी नाच मारी नखर वाली भाभी थोड़ी धुमक धुमक नाच मारी नखर वाली भाभी थोड़ी मारे भेरी नाच